स्वागत है आपका एक और ऐसे में वीडियो में भूत का चेहरा सोची <गणाग> तो अब दफ्तर मेज पर रखी फाइलों और कागजों में खोए हुए और सामने की फाइल हटाते ही मेज पर लगे से, से अचानक कुछ चेहरा झाड़ने लगे या फिर रसोई की ग्रेनेड स्लेप पर अचानक ही कुछ चेहरा उभर कर आपकी श्रीमती जी को घूमने लगे जाहिर है पहली बार आप और आपकी पत्नी बेशान रहो ये भी संभव है आप इसे आंखों का भ्रम समझ लेकिन हो सकता है तो आप क्या कहेंगे ऐसी घटना स्पेन की श्रीमती किरण चौधरी के साथ नाइनटीन एटी फाइव में उनकी रसोई में घटी उस चेहरे को देखकर श्रीमती किरण कुछ हैरान तो हुई मगर आँख का भ्रम समझे फिर से अपने काम में लग गई कुछ देर बाद उन्होंने नजर घुमाई तो वो चेहरा जो का त्यो बना हुआ था इस पर केन्द्र ने सोचा शायद स्लेट जमीन धूल से निशान बन गए होंगे अतः तो उन्होंने उस झाड़ पहुंचकर रगड़कर मिटाने की बहुत कोशिश करी पर वो चेहरा जो का त्यो बना रखा वह एक महिला का चेहरा था और उस पत्थर में एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था अब तो श्रीमती के परेशान हो गई लोगों की सलाह पर उन्होंने वहाँ सीमेंट का नया प्लास्टर तक तो करवा डाला पर वो चेहरा उस प्लास्टर में भी दिख रहा था बल्कि अब तो रसोई में दीवारों फर्श पर भी वो चेहरा साफ साफ दिख रहा था विशेष बात यह थी कि कभी नहीं चेहरा गायब हो जाता लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दिखने लगता उनकी आव एक्सप्रेशन वो भी अब बदलते हुए दिखाई देने लग रहे थे अब तो किरण की रसोई की खबर दूर दूर तक तो फैल गई पूरे शहर के लोग उनकी रसोई के झाकते हुए चेहरों को देखने के लिए लंबी लाइन लगा के खड़े रहते। थे उधर श्रीमती किरण ने जाने क्या सोचा कि उन्होंने हर एक ऐसे मेहमान से फीस वसूलना शुरू कर दी जब ये खबर नगर अधिकारियों तक पहुंची तो, तो उन्होंने इस सख्त कार्रवाई उठाई और सिलसिला बंद करवा दिया इतफाक ऐसी उन्ही दिनों जर्मन की फ्रीवर्स यूनिवर्सिटी के नामी पैरान दीपक उस शहर में आये हुए थे श्रीमती किरण की किचन मिस्ट्री की चर्चा उनके काम तक भी पहुंच चुकी थी अथा उन्होंने स्पेन के ही एक पेरान एक्सपर्ट डॉक्टर जर्मन के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन आरंभ कर दी दीपक और अर्गुनोसा की टीम ने वहां पर किसी आत्मा के होने की प्रबल संभावना जताई इस बीच किरण में दूसरी रसोई बनवा डाली लेकिन कुछ दिनों बाद ये अजुबा वहाँ भी होने लग गया डॉक्टर अर्गुनोसा ने खुद नाइन अप्रैल नाइनटीन को एक ऐसे चेहरे को देखा बल्कि उसकी तस्वीर भी की थी आपको देखिए और दस्तावेजी सबूतों के इस घटना को भ्रम तो नहीं कहा जा सकता ऐसे क्यों कहा जाता है कि इसका उत्तर आज तक नहीं मिल सका परंतु तो श्रीमती किरण उस रसोई का पर्स खोलने पर वहां दफी हुई पुरानी हड्डियाँ अवश्य मिली यह भी सुनने में आया है कि जिस भूमि पर वो घर बना तभी वहाँ कबेस्तान था अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो और आपको भी हॉर मिस्टीरियस वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल दी हेल्थ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग